हे hey नमस्कार आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छा बारह की भौतिक विज्ञान की लास्ट यूनिट की प्यारे बच्चों बात करेंगे और आज की यूनिट में हम लोग बात करेंगे शुरू से लेके अंत तक टॉपिक यानी पूरा अर्ध प्यारे बच्चों इसकी इस वाली क्लास में क्लियर करने वाले हैं दो तीन दिन की क्लासे नहीं आई थी कुछ कारण थी प्यारे बच्चों इसी कारण क्लास नहीं आई थी परंतु अब आपके आगे एक दो दिन या दो दिन या तीन दिन में पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी दो तीन क्लास में पूरा लेक्चर समाप्त कर लेगी प्यारे बच्चों और बचे हुए सभी समयों में एक दिन या दो दिन में आपको सभी सेट सॉल्व करके मिलने लगेगा प्यारे बच्चों तो दो तीन दिन के लिए जो क्लासे नहीं आई थी उसके लिए हमको भी खेद है आपको भी खेद होना चाहिए प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली परंतु आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चैप्टर काफी कम लोगों को समझ में आता है काफी बच्चों को कम समझ में समझ में आता है क्योंकि थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है कोई बात नहीं प्यारे बच्चों क्योंकि आप लोग जुड़े हम लोगों के साथ हैं तो आपके लिए कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर हार्डर नहीं होने वाला है केवल शुरू से अंतर चैप्टर का नाम ऐसा नहीं कि चैप्टर नाम केवल अर्धचालक है चैप्टर का नाम है अर्धचालक डायोड एवं सन, ट्रांजिस्टर अर्धचालक और ट्रांजिस्टर दो टॉपिक में बताया है परंतु आज हम इस क्लास में केवल अर्धचालक से रिलेटेड पढ़ेंगे इसलिए हमने केवल अर्धचालक लगा के रखा है तो प्यारे बच्चों अर्धचालक को जानेंगे परंतु उससे पहले जान लेते हैं जो ठोस होता है जो ठोस पदार्थ होता है पदार्थ के तीन भाग होते हैं ठोस तो ठोस जो होता है वो विद्युत चालन के आधार पे किसी भी ठोस पदार्थ को हम तीन भागों में क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं, क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं कि अर्थात विद्युत चालन मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है धारा प्रवाह के आधार पर धारा प्रवाह के आधार पर किसी भी ठोस को तीन भागों में बांटा जा सकता है आइए वो कौन कौन से भाग हो सकते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहला होता है चालक दूसरा होता है अचालक और तीसरा होता है अर्ध चालक अर्ध चालक ही आपको पढ़ना है तो उनको हम डीप से अध्ययन करेंगे परंतु जो चीजें हमने पढ़ा है थोड़ी देर के लिए उसकी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों विद्युत चालन के आधार पर किसी भी ठोस को तीन भागों में हम बांट सकते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहला होता है चालक दूसरा होता है अचालक तीसरा होता है अर्ध अब चालक क्या होता है ध्यान से कुछ ठोस पदार्थ होते है, है। है? हैं है ऐसे कुछ ठोस पदार्थ होते हैं है, जिनमें धारा का प्रवाह जो होता है वो आसानी से हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं चालक का का आपका वो पदार्थ एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो चालक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है पहले बच्चों जैसे आपके पास लोहा होता है क्या होता है लोहा होता है फिर उसके बाद क्या होता तांबा होता है क्या होता है पहले बच्चों तांबा होता है एल्यूमिनियम होता है तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिनमें जो धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है सुगमता सुगमतापूर्वक हो सकता है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चालक होता है चालक में जो है विद्युत का जो चालन होगा चालक में जो आई होगी यानी हम कह सकते हैं इसमें आई जो होगा वो आपका प्रवाहित होगा आई आपके इस ऐसे पदार्थों में आई जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है ये हो गई चालक की अगर हम बात करें पहले बच्चों अचालक की तो अचालक की बात होती है तो आई जो होता है आई इसमें फ्लो नहीं होगा मतलब कहने का मतलब है कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाते, है? कहलाते हैं एक मैं फिर से कि वे सभी पदार्थ, पदार्थ जिनमें जो धारा होता है वो प्रवाहित नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं अचालक कहलाते हैं प्यारे बच्चों अचालक का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी क्या हो सकती है लकड़ी फिर उसके करंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही चालक क्या होता है अचालक क्या होता है अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे तो अर्ध चालक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है अर्ध चालक अब अर्धचालक क्या होते हैं आइए ध्यान से देखिए जिसको जिसको कि हमको पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है तो यहां पर थोड़ा जान लेते फिर अभी आगे हम इसको खूब डीपली से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं कि जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है एक नॉर्मल ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर प्यारे बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर पर ध्यान से देखिएगा नॉर्मल क्या पर जो करंट होता है इसमें वो करंट इसमें प्रवाहित नहीं होती मतलब हम इन ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि अगर इसमें नॉर्मली टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो इन पदार्थों में करंट का फ्लो नहीं होगा परंतु परंतु क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे क्या कर दे प्यारे बच्चों को क्या कर दे इंक्रीज कर दे? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को क्या करते हैं बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है तब गजब का रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो आई होती है ना आई इसमें क्या करने लगती फ्लो करने लगती आई इसमें बढ़ने लगता है तो ऐसे पदार्थों को अर्ध चालक पदार्थ कहते हैं या या दूसरे पदार्थों में कह दें कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता परंतु उसमें कुछ अशुद्धिया मिला दें कुछ अपद्रव्य मिला दें तो उनमें धारा का प्रवाह होने लगे ऐसे पदार्थों को अर्ध चालक पदार्थ कहते हैं ये इसका जो एग्जाम्पल होता है इसका प्यारा सा उदाहरण होता है सिलकान जर्मेनियम उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी हम हट जा रहे हैं प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगली टॉपिक बदलने से पहले अगली टॉपिक चलाने से पहले एक बार मैं इसको पुनः है थोड़ी सी स्पीड क्लियर कर देते हैं जिससे कि जहां भी आपकी कोई भी डाउट न क्लियर हुआ हो सारे डाउट आपकी क्लियर हो गए हो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का चलना इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरे जगह जाना तो उसी को हम विद्युत चालन कहते हैं तो भाई विद्युत चालन के आधार पर किसी भी ठोस को किसी भी ठोस को हम क्या करते हैं तीन भागों में क्या कर सकते प्यारे बच्चों बांट सकते हैं किसी भी ठोस को तीन भागों में क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं इस बात को पकड़ना है और वो तीन भाग कौन है प्यारे बच्चों ठोस को तीन भागों में सबसे पहला है चालक सबसे पहला क्या है कंडक्टर कहते, कहते, कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं बात समझे यानी फर्स्ट भाग होता है चालक और चालक क्या होता है भाई चालक में करंट जो होती है वो आसानी से क्या होती है प्रवाहित होती है मतलब कहने का मतलब है कि वे सभी दार्थ जिनमें करंट आसानी से प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही आइए दूसरा भाग कौन था भाई दूसरा भाग था अचालक जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर क्या कहते, है प्यारे इन्सुलेटर कहते हैं से अब इन्सुलेटर क्या होते है? भाई वे सभी पदार्थ ऐसे पदार्थ करेंट होती है ना वो क्रॉस लगा है मतलब इसमें करेंट का फ्लो नहीं होता इसमें करेंट का प्रभावित करंट करेंट प्रभावित नहीं होगी प्यार बच्चों तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं अचालक कहलाते हैं इसका एग्जाम्पल होता है लकड़ी प्लास्टिक होती है ध्यान से समझ बात समझ में आया अब आगे हम बात करते हैं अर्धचालक की अर्ध चालक क्या होता है भाई ठोस का ही रूप है परंतु इसमें पर, पर, अपने अंदर से धारा का फ्लो नहीं होने देता परंतु जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये अपने अंदर से धारा का प्रवाह होने, होने लग होने लगता है तो इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं तो प्यारे बच्चों अर्धचालक की परिभाषा ऐसे हम दे सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनकी ताप बढ़ाने पर धारा प्रवाहित होने लगते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं उसका प्यारा सा एग्जांपल आता है सिलिकॉन, जर्मेनी ठीक तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे उम्मीद है कि अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो प्यारा सा एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों और कम से कम आप लोग कमेंट करना आपका फर्ज बनता है जिससे कि आपके कमेंट से हम लोगों को एक मोटिवेट में होते हैं हम लोग एक एनर्जी प्राप्त होती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो देखते वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं उस कोई रिप्लाई नहीं करते कोई कमेंट नहीं करते तो प्यारे बच्चों इससे थोड़ा सा हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चे यार समझ में आ रहा नहीं है वो आप उसको लगातार वो प्रयास कीजिए कि क्लास हम देख रहे हैं, तो क्या हमको क्या करते हैं? या क्या आज ये समझे हैं हाँ तो चीजेंटर्स है, मतलब कहने का मतलब है कि अर्ध चालक कितने प्रकार के होते हैं तो पैर बच्चों अर्ध चालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है सबसे पहला होता है निज अर्धचालक जिसे हम नैज अर्ध चालक भी कहते हैं और दूसरा होता है अपद्रव्य अर्धचालक जिसे हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं तो ध्यान से देना देखना प्यारे बच्चों कि जो अर्धचालक होता है वो आपका दो प्रकार का होता है एक क्या होता है निज अर्धचालक और एक क्या होता है अपद्रव्य चालक जिसे हम कह सकते हैं एक शुद्ध अर्धचालक एक क्या होता है अशुद्ध अर्ध तो ध्यान से देखना अर्ध जो होता है प्यारे बच्चो वो दो प्रकार का होता है अर्ध चालक कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार होते हैं ध्यान से देखना सबसे पहला क्या होता है निज अर्धक याक ध्यान से देखिए ये क्या है निज अर्ध चालक या नैज अर्ध चालक जिसे हम कहते हैं शुद्ध अर्ध चालक और सेकेंड वाला जो होता है प्यारे बच्चों सेकेंड जो होता है वो होता है बाह्य अर्धचालक क्या होता है बाह्य या हम कहते अपद्रव्य क्या अपद्रव्य अर्धचालक चालक बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक ध्यान से देखिएगा ये आपका होता है बाह्य अर्धचालक में चलिए ध्यान से देखिए अब हम सबको एक एक करके धीरे धीरे एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि ज अर्ध अर्धचालक क्या होता है और बाह्य अर्धचालक क्या होता है ध्यान से देखना पैर बच्चों कि निज अर्धचालक होते हैं ऐसे अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां न मिलाई गई हो वो क्या कहलाते हैं नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक कहलाते हैं यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ऐसे भी अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं किया जाता है अर्थात तो वो पूरे शुद्ध होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक के नाम से भी जाने जाते हैं अब कौन होते प्यारे बच्चों हमने अभी अर्धचालक में प्यारा सा एक दो एग्जाम्पल बताया था जिसे हमने क्या कहा था सिल्कान और क्या जर्मेनियम ये दो ऐसे प्यारे अर्धचालक होते हैं और बहुत सारे होते हैं यहाँ पर हम लोग केवल दो का चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे दो प्यारे ये अर्धचालक चालक है यदि सिलकान में किसी भी प्रकार की कोई मिश्रण नहीं करते हैं सिलकान पूरा शुद्ध है पूरा प्योर है पूरा नाइन परसेंट पूरे गोल्ड के जैसा अगर प्योर है तो वो आपका नैज अर्धचालक कहलाता है अर्थात तो उसमें किसी भी प्रकार की मिश्रण नहीं होनी चाहिए तो प्यारे बच्चों इसकी हम संरचना अगर बनाना चाहे या इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो जरूर लिख पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा जो चीजें हमने समझा था वो चीजें हम लोगों ने बना लिया है क्या हमने बताया कि वे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं किया गया हो वो नैज अर्धचालक कहलाते हैं हमने आपको सिलिकॉन का एक संरचना बनाया है प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि पूरे इस संरचना के दौरान क्या हमने कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाई है नहीं मिलाया है ना तो इसमें जब हमने किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्रकार की अशुद्धि नहीं मिला है तो ये पूरा जो सिलिकॉन है ये पूरा क्या है निज अर्धचालक है अब प्यारे बच्चों मैंने अभी एक लाइन बोला था कि ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि धारा बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है तो कैसे होता है यार दोस्तों ध्यान से देखना बहुत ही इंटरेस्टेड चीज बताने जा रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता ध्यान से देखो अगर ये मैं एक लाइन मूव कर दू यहां से और मैं बात करूं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इस वाले इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन हो, इनके इलेक्ट्रॉन सिलकान का इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बने रहते हैं परंतु जैसे ही जो ही हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं जैसे ही इसमें टेम्परेचर देते हैं इसको जैसे ही टेम्परेचर देते, है, देते हैं <प्ति> तो इलेक्ट्रॉनों के बीच ये जो बने हैं ना ये जो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक, <प्ति> एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना प्यारे बच्चों इनमें क्या होने लगता है कंपन होना स्टार्ट कर देता था अर्थात करने का मतलब है कि ये जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना ये एक दूसरे को ऐसे कंपन्न करने लगते जिगजैग मोशन करने लगते जिसके कारण प्यारे बच्चों जिसके कारण ये जो ये बंध बना रहता है वो टूट जाता है क्या करता है टूट जाता है और टूटने के बाद प्यारे बच्चों टूटने के बाद क्या होता है ध्यान से देखना टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होकर यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कच्छ मुक्त हो जाता है जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं प्यारे बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में घूमने के लिए क्या हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा यही बात होता है एक बार मैं फिर से बता रहा हूं एक बार आप फिर से क्लियर कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन यहां था सिल्कान के पास जब हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनमें क्या होना स्टार्ट हुआ जिज्ञै मोशन हुआ यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर ऐसे ऐसे करने लगे प्यारे बच्चों जिसके कारण इनके बीच जो बंद बना था वो टूट गया और टूट ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए और ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में और पूरे अर्धचालक में स्वतंत्र हो गए घूमने के लिए जिसके कारण अर्धचालक में करेंट फ्लो होने लगता है ये रहा आपका निज अर्धचालक की कहानी तो आप चाहे लिखना चाहो तो ताप बढ़ाने पर क्या होने लगता है धारा का प्रवाह होने लगता है प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक जिसे हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं आइए हम उसकी चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी शुद्ध अर्ध में किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम किसी भी प्रकार का अपद्रव्य मिला देते हैं प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी अशुद्धि मिला दें तो वो कौन सा अर्धचालक कहलाता दोस्तो, कहला है दोस्तों बाह्य या अशुद्ध या अपद्रव्य ही अर्धचालक कहलाता है कैसे आप जान गए कि ये बाह्य या अशुद्धि अप, अपद्रव्य अर्धचालक होगा प्यारे बच्चों क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जैसे ये सिल्कान हो गया ना तो क्या करेंगे ध्यान से देखना प्यारे बच्चों जो है ना अब यहीं पर हम क्या करेंगे बाहे अप, बाहर से कोई अशुद्धि मिला देंगे अब किन अशुद्धि को मिलाओगे वो डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए बताएंगे पहले आप बताओ यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई कि बाह्य अर्ध क्या होता है कि जब किसी शुद्ध अर्ध में किसी भी प्रकार का अपद्रव्य मिला दिया जाए तो वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है बाह अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है हम उसको लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे कि, कि किस प्रकार की अशुद्धि मिला रहे हैं और तब वहां पर और सारी चीजें जानेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना हमने क्या कहा कि वे अर्धचालक जिनमें कोई भी अगर अशुद्धि मिला दी जाती है किसी भी प्रकार का मिश्रण कर दिया जाता है तो वो कौन सा अर्ध चालक कहलाता है मैंने अब आपको एक बहुत ही दमदार चीज बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों बहुत मजे की बात बताने वाला हूं कि आखिर किस क्यों क्यों प्यारे बच्चों ये चीजें कही जाती है कि क्या मिला दे कैसे मिला दे कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों तो वो सारी चीजें अध्ययन करेंगे ध्यान से देखना ये जो सिलिकॉन है वास्तव में देखा जाए तो ये आवर साढ़ी के चौदह जो चौदह नंबर होता है उसका परिवार है यानी कह लिया जाए ये कार्बन का परिवार है सिलिकॉन जो होता है प्यारे बच्चों वो किसका फैमिली मेंबर है कार्बन का है तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि हम लोगों ने क्या कहा कि भाई जो सिलिकॉन होता है ये ध्यान से अगर देख पा रहे हैं ये जो सिलिकॉन होता है ये शुद्ध अर्धचालक होता है क्या होता है शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत आता है ध्यान से देखिएगा कि जो सिलिकॉन होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है अगर इस शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम भी आपका शुद्ध होता है परंतु हम यहां सिल्कान के एग्जाम्पल लिए हैं तो सिल्कान की चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस शुद्ध अर्धचालक में अगर इस शुद्ध अर्धचालक में हम एलमियम को मिला देते हैं प्यारे बच्चों इस एल्म को क्या कर देते हैं मिला देते हैं या इस फॉस्फोरस को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद दो प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे ध्यान से देखना जब किसी भी सिल्कान में ग्रुप ग्रुप वाले के तो तर, ग्रुप वाले के तत्व मिलाए जाएंगे जो जो आवर्त सारणी में नंबर का फैमिली है तेरावें नंबर का जो तत्व तो है अगर हम उन लोगों को मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो इनकी जो एल्मोनियम हो गया वो बै, बै, वो आपका बोरान हो गया प्यारे बच्चों एल्मियम हो गया आपके ये इंडियम उसके बाद गैलियम ये सब जो भी तत्व होते हैं प्यारे बच्चों इन सभी तत्व के कक्षक में कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों इन सब के कक्षक में बाह्य कक्षक में केवल तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी कहने का मतलब है कि ये तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व है ये सब क्या है प्यारे बच्चों तीन संयोजी वाले परमाणु है क्योंकि इनके बाह्य कोश में जो है तीन इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए ये त्रिसंयोजी परमाणु कहा जाता है क्या कहा जाता है त्रि संयोजी ध्यान से देखिए क्या है और ये जो आपके ग्रुप वाले हैं प्यारे बच्चों ये जो होते हैं इनके इनके बाहकोश में पांच इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं पंच कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चो पंच कहते हैं क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हुई और ये जो है ये इनकी जो संयोजकता है चार है तो ये जो है चतुष संयोजी कह सकते हैं या चार संयोजी वाले परमाणु कहे जाते हैं अब ध्यान से देखना कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजक वाले तीन संयोजक वाले अपद्रव्य को मिला देते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखिए यहां मैंने कहा कि यदि सिलिकॉन में हम क्या कर दें एलुमियम को मिला देते हैं प्यारे बच्चों तो ये देखिए जब हम किसी भी सिलिकॉन के क्रिस्टलीय चालक में जब किसी सिलिकॉन के शुद्ध अर्धचालक में अल्मोनियम को क्या कर देते हैं मिला देते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखो प्यारे बच्चो आपको पता है कि अल्मोनियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है क्या है तीन इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन वाले से, से शेयर कर लेता है चलो इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया इसका ये अगला वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर कर लिया और इसका अगला वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया परंतु प्यारे बच्चों इस इस, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी एलुमुनियम के पास यहां पर एक खाली स्थान हो जा रहा है प्यारे बच्चों एलुमुनियम के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है सिल्कॉन को देने के लिए तो यहां पर एक खाली स्थान हो जाता है एक रिक्त स्थान हो जाता है एक छिद्र हो जाता है जिसे हम होल कहते हैं प्यारे बच्चों इस छिद्र को क्या कहते हैं होल कहते हैं जिसकी हिंदी होती है प्यारे बच्चों कोटर क्या होता है प्यारे बच्चों कोटर होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि जब किसी बाह्य अर्धचालक में जब किसी शुद्ध अर्ध जैसे सिल्कान जर्मेनियम जब किसी भी शुद्ध अर्ध में हम तीन संयोजी वाले परमाणुओं को मिलाते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखना कि जब तीन संयोजी वाले परमाणु मिलाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा परंतु इस सिल्कान के लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता यहां खाली स्थान हो जाता है इस रिक्त स्थान को हम होल का नाम देते हैं बच्चों इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है ध्यान से देखना एक एल्मुनियम मिलाने सुगा। ऐसे सभी जगह एक एक खाली स्थान हो जाएगा एक एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा तो यानी कहने का मतलब है कि इनमें जो है जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजी वाले परमाणुओं को मिलाते हैं तो कोटरों की संख्या बढ़ जाती है कोटरों की संख्या बहुसंख्यक के रूप में हो जाती है तो कोटर होता है पॉजिटिव जिसके लिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है पी टाइप का अर्ध ये कौन सा हो जाएगा पी टाइप का अर्धचालक क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे अर्ध ऐसे अर्ध जिनमें कोटर होते हैं या जिनमें कोटरों की संख्या अधिक होती है वो पी टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं बोलना चाहिए था कि जब किसी भी शुद्ध अर्ध चालक सिल्कान में जब किसी भी शुद्ध अर्ध चालक सिलकान में तीन संयोजी वाले परमाणु को मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक बनता है वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है प्यारे बच्चों टाइप का अर्धचालक कहलाता है तो हम यहां लिख सकते हैं ये कोटर है तो ये एन एच लिख रहे हैं ये ग्रेटर देन है N E मतलब पूरा क्लियर हो गया अब हमने आपको रट्टा नहीं मरवाना है प्यारे बच्चों ये चीजें नहीं बतानी है कि भाई अर्थ चालक दो प्रकार का होता है पी टाइप टाइप नहीं मुझे यह नहीं बताना आप खुद पहचान क्यों पी टाइप क्यों टाइप पड़ा प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें पॉजिटिव की संख्या ज्यादा थी इसलिए इनको पी टाइप का चालक कहा गया बात इतनी क्लियर हो गई अब हम बात करेंगे अगले टाइप की अर्धचालक की ध्यान से देखना अब क्या होता है कि जब किसी जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं पंच संयोजी वाले परमाणु को का कर देते हैं मिला देते हैं यानी जब किसी सिलिकॉन में फास्फोरस को क्या करते हैं मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां दिखाया गया है कि जब हम किसी सिलिकॉन को क्या करते हैं फास्फोरस से मिला देते हैं जब किसी भी सिलिकॉन को क्या करते हैं फास्फोरस में मिला देते हैं तो ध्यान से देखना अब फॉस्फोरस के पास पांच इलेक्ट्रॉन उपस्थित है फॉस्फोरस के में पांच इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं दोस्तों तो ध्यान से देखना कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को देगा इसका एक इलेक्ट्रॉन इस इस सिलिकॉन को देगा फास्फोरस का तीसरा इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा और चौथा इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा परंतु दोस्तों ध्यान से देखिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त रूप से बचा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन किसी सिलिकॉन से साझा नहीं कर रहा है किसी सिलिकॉन से शेयर नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पूरे सिलिकॉन में दौड़ने के लिए स्वतंत्र रहेगा अर्थात इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा ये एक फॉस्फोरस को मिलाने से होता है अगर प्यारे बच्चों इसी प्रकार कई फॉस्फोरस होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं इसीलिए इनका कौन सा अर्धचालक का नाम पड़ गया एन टाइप का अर्धचालक पड़ गया यानी यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है निगेटिव चार्जों की संख्या ज्यादा है इसलिए इन्हें हम कौन सा टाइप अर्धचालक कहते हैं एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं कौन से टाइप का अर्ध कहते हैं प्यारे बच्चों एन टाइप का अर्ध तो इसका नाम हो गया एन टाइप अर्ध चालक टाइप अर्ध चलिए अब आपकी इतनी बात क्लियर हुई कि N टाइप का अर्धचालक क्या होता है इतनी बात आपकी क्लियर हो गई पूरी सारी चीजें ये आपकी जो डाउट है वो पूरा मक्खन हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों उसी के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि N टाइप का अर्धचालक और P टाइप का अर्धचालक क्या होता है पर उससे पहले ध्यान देना की यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है नंबर ऑफ होल से यानी यहां कोटरों की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होती है ज्यादा होती है तो प्यारे बच्चों जब जब किसी भी जब किसी भी भी अर्धचालक तो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम और जर्मेनियम जब हम पांच संयोजी वाले को मिलाते हैं तो एन टाइप का अर्थ बनता है प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका यह टॉपिक समाप्त होता है आप इसका एक और कमेंट बॉक्स में यह कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए और नहीं है तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिए कि आज की। तो प्यारे बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों पीएन संधि डायोड या हम कह सकते हैं पीएन जंक्शन कैसे कहते हैं, से हैं। प्यारे बच्चों। तो देखना प्यारे बच्चों की पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डाइवर्ट क्या होता है कि हमने ये बगल आपको बना के रखा है जो कि अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि पी टाइप के वे अर्ध चालक होते हैं जिनमें प्लस यानी जिनमें हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों की जिनमें धनावेश ज्यादा होते हैं जिनमें धनात्मक चार्ज ज्यादा पाया जाता है और यन टाइप के वे अर्धचालक होते हैं जिनमें ऋणात्मक चार्ज ज्यादा पाए जाते हैं यानी हम यहाँ ये यह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल से और यहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी कहने का मतलब है कि इस वाले अर्धचालक में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और इस वाले अर्धचालक में निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है अब क्या होता है कि जब हम किसी पी टाइप के अर्धचालक और यन टाइप के अर्ध को पास में लाते हैं पैर बच्चों यानी जब किसी पी टाइप के अर्थ को एन टाइप के अर्ध से जोड़ा जाता है एन टाइप के अर्ध से मिलाया तो तो ये तो लिक्विड है नहीं कि आप ऐसा करोगे कि ऐसे नींबू का रस आप एक ठोस को दूसरे ठोस के पास लेके जाएंगे तो जब पी टाइप के अर्थ चालक को एन टाइप के अर्थ चालक से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है आइए हम आगे चित्र बना लेते हैं तब आगे देखते तो प्यारे बच्चों हमने जैसा कहा कि जब किसी पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के पास लाते हैं जब किसी पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के पास रखा जाता है तो प्यारे बच्चों दोनों जहां दोनों एक दूसरे पे जहां से जुड़ते हैं उसी परिसीमा को क्या कहते हैं पीएन संधि कहते हैं उसी परसीमा को अर्थात प्यारे बच्चों जब हम किसी पी टाइप का चालक और यन टाइप का चालक को, दोनों को आपस में जोड़ते तो जो परिसीमा होती है जहां दोनों की संधि जहां दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं वही परिसीमा ही क्या कहलाती है पियन जंक्शन कहलाता है पीएन संधि कहलाता है परिभाषा देना है तो लिखेंगे डायोड, यानी पी डायोड है। अब क्या होता है कि जब हम पी टाइप के अर्थचालक को एन टाइप के अर्थचालक से जोड़ते हैं तो एक प्यारा सा वर्ड आता है पहले बच्चों जिसे हम कहते हैं बिसरण क्या होता है बिसरण तो बिसरण के कारण अब आखिर आपको ये प्रश्न खा रहा होगा आपके दिमाग में यह चर्चा चल रहा होगा कि यार विसरण किस चीज का नाम है विसरण क्या हो सकता है तेरे बच्चों तो ध्यान से देखना कि विसरण क्या है वो क्या कहता है विसरण का मतलब है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि बिशरण का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना शरण का मतलब क्या होता है बिशरण का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना अभी सांद्रता आप नहीं समझ पा रहे होंगे मैं बता रहा हूं अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना या निम्न सांद्रता की ओर जाना ध्यान से देखिए निम्न सान्द्रता की ओर जाना चलिए अब हम बात करते हैं क्या होता है सान्द्रता का मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब है प्यारे बच्चों कि जिधर जो भी आवेश जो भी आवेश जिस अर्धचालक में ज्यादा पाए जा रहे हैं यानी अगर जैसे इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये निगेटिव चार्ज सोचेंगे कि हम इधर की तरफ चले जाएं, क्योंकि इनकी संख्या यहां पर ज्यादा है इसलिए ये इधर की तरफ आना चाहते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पी टाइप में ज्यादा पाए जा रहे हैं तो ये इधर से इधर की तरफ जाने को सोचेंगे यही मिश्रण होता है यही चीज करा निम्न सांद्रता से उच्च उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अधिक शांति से निम्न आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है विसरण ऋण वाले चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं पी टाइप के अर्ध चालक में आ जाते हैं क्या हो जाता है टाइप टाइप के के के अर्धचालक में आ जाते हैं विसरण कारण जो क्या प्लस वाले चार्ज होते हैं वो एन टाइप के अर्धचालक में आ जाते हैं जो पी टाइप के प्लस वाले चार्ज होते हैं वो एन टाइप के अर्धचालक में आ जाते हैं क्या आप इतनी बात यहां तक बातें मक्खन हुई यहां तक बातें आपकी मक्खन हुई या नहीं हुई बच्चों मैंने क्या बताया कि जब पी टाइप के अचालक को जोड़ा तो विसरण के कारण वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो वो में, में और वाले वाले जो थे, P वाले जो थे, थे, प्लस चार्ज क्षेत्र क्या हो गए पहुंच गए इस प्रकार संधि के दोनों तरफ संधि के दोनों तरफ जो है विपरीत आवेश का एक परत बन गया संधि के दोनों तरफ ये जो परिसीमा है इसे हमने संधि का नाम दिया था तो संधि के दोनों तरफ देखिए संधि के इससे पहले विपरीत विपरीत विपरीत था तो तो का का का प्लस है है और इधर धनात्मक धनात्मक माइनस तो संधि के दोनों तरफ संधि के दोनों तरफ एक क्या बन गया विपरीत आवेशों की एक परत बन गई जिसे हम अवचय परत कहते हैं तो प्यारे बच्चों इस पूरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं अवचय परत कहते हैं या हम कहते है? प्राचीर विद्युत क्षेत्र कहते हैं अवचय परत या हम कहते प्राचीर विद्युत क्षेत्र प्राचीर विद्युत क्षेत्र जिसकी जो दिशा होती है प्यारे बच्चों वो प्लस इधर से इधर की तरफ प्लस से माइनस की तरफ हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी इधर इसे हम कह सकते हैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं तो ध्यान से देखना हमने क्या कहा अक्षय परत की परिभाषा क्या होगी संधि के दोनों तरफ का वह क्षेत्रफल जहां पर विपरीत प्रकार के आवेश एकत्रित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं परत या प्राचीर विद्युत क्षेत्र कहलाता है क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप उसको फिर से समझ लीजिएगा कि संधि के दोनों तरफ विसरण के कारण संधि के दोनों तरफ विपरीत प्रकार के आवेश एकत्रित हो हो जाते हैं हैं इस प्रकार एक स्थापित जाता है जिसे प्राचीर कहते हैं। जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है एन से पी की ओर होती है क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई अब ध्यान से देखना अगर जो बच्चा पार्टी लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लस वाले माइनस वाले मिलकर प्लस और माइनस मिलकर उदासीन हो गए होंगे प्लस वाले माइनस का ही नहीं मिले तो प्यारे बच्चों उन सभी का जवाब मैं दे रहा हूं। ध्यान से देखना ये जो आंत, ये है माइनस वाले, वाले प्लस के पास नहीं गए ध्यान से देखना फर्स्ट चैप्टर में अध्याय नंबर एक में आपको बताया गया होगा प्यारे बच्चों की क्या बताया गया था वहां पर अध्याय एक में बताया गया था कि जब जब जो विद्युत क्षेत्र है मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ है इधर से इधर की तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ अगर हम इस पर कोई प्लस चार्ज रखेंगे और कोई क्या निगेटिव चार्ज रखेंगे अगर यदि किसी विद्युत क्षेत्र में प्लस चार्ज रख दिया जाए और निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस वाले चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम विद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज को अपने ही तरफ अपने ही तरफ बल लगाने का प्रयास करता है परंतु जो निगेटिव चार्ज होता है उस निगेटिव चार्ज पर ये अपोजिट दिशा में बल लगाता है यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत में होता है और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई पहले बच्चों अगर इतनी बातें आपकी मक्खन हो गई होंगी तो आपको यह भी चीजें समझ में आने लगेगा अब कि क्यों प्लस माइनस से नहीं मिला ध्यान से देखना अब क्या है प्यारे बच्चों कि ये जो ई है ये इसकी दिशा इधर से इधर की तरफ है अब ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर से इधर की तरफ है तो ये क्या चाहेगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को ये इधर की तरफ ढकेलने का प्रयास करेगा अर्थात जो पी टाइप के जो प्लस चार्ज हैं, ये जो पी टाइप के प्लस चार्ज हैं, अब इधर की तरफ नहीं जा पाएंगे यानी कहने का मतलब है कि इस दीवार को पार नहीं कर पाएंगे जिसके कारण प्लस और माइनस आपस में मिलते नहीं हैं। और प्यारे बच्चो जो इधर का निगेटिव चार्ज है जो इधर का निगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ नहीं आने पाएगा क्यों क्योंकि और प्लस को इधर की तरफ ठेलेगा जिससे पी वाला प्लस इधर नहीं जा पाता एन वाला माइनस इधर नहीं आ पाता और संधि पर किसी भी प्रकार की कोई उदासीन की घटना नहीं घटित होती बताओ बच्चा पार्टी आपकी डाउट क्लियर हो गई कि प्लस माइनस क्यों नहीं मिलते तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है अक्षय परत क्या होता है प्राचीर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सारी चीजें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान से समझना कि इसकी जो वोल्टेज होती है ध्यान से समझना जो इसकी ज होती है वो मिनिमम 0.5 हैोल्टेज होता है क्या होता है 0.5 वोल्टेज क्या होता है 0.5 दशमलव इस बात को ध्यान देना जो ये प्राचीन विद्युत क्षेत्र है ना इसका जो वोल्टेज होता है वो कम से कम 0.5 दशमलव वोल्टेज होता है मिनिमम होता है फिर बच्चों इस प्रकार हम किसी भी पीएन संधि को परिभाषित कर सकते हैं अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम हैं, जिसे हम हम हम कहते कहते हैं हैं बायसिंग अभिनत प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि अब हम कैसे बायसिंग करते हैं कैसे पीएन संधि को हम लोग पीएन संधि में कैसे करंट को फ्लो कराते हैं उसकी बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में श्योर है कि आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछता है कि पीएन संधि में धारा का प्रवाह कैसे होता है और बाएसिंग, बाएसिंग, बाएसिंग, बाएसिंग, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब से पहले आप उसका इस, इन सभी का एक लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे कि और तो बच्चों बच्चों, हमारी है है अर्थात बाएसिंग क्या होता है तो उसको भी हम जानने वाले हैं ध्यान से समझना यहां से आपके एग्जाम में बढ़िया सा प्रश्न बनता है हम समझते हैं बायसिंग को को को भी भी अन्य टॉपिकों की जैसा मक्ख किसी संधि संधि बैटरी से जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है इसका दो विधि है इसकी दो प्रकार है एक आपकी फॉरवर्ड बायसिंग एक रिवर्स बाइसिंग एक आपका अग्र अभिनत एक आपका पश्चिमत एक आपकी अग्र दिशी एक आपकी पश्चिदी मिला जुला के दो ही दो ही बायसिंग है प्यारे बच्चों उसके नाम आपके हैं तो सभी नाम आप जानते रहेंगे है किसी भी पीएन संधि को या पीएन संधि को क्या प्यारे बच्चों पीएन संधि को बैटरी से जोड़ना ही बैटरी से जोड़ना ही बैटरी से जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है जोड़ना ही बायसिंग कहलायसिंग कहलाता है बायसिंग आपके दो प्रकार के होते हैं प्यार बच्चों सबसे पहला होता है अग्र दिशिक और दूसरा होता है पश्च दिशिक। तो ध्यान से देखना प्यार बच्चों फर्स्ट जो आपका होता है वो आपका होता है अग्र दिशिक जिसे हम अग्र अभिनत भी नाम देते हैं तो ध्यान से देखिएगा पश्च अभिनत भी होता है अब हम इन दोनों को समझते हैं कि क्या किस कैसे इस अभिनत में कैसे जोड़ते हैं ध्यान अभी आपने पढ़ क्या था पीएन पीएन संधि संधि तो तो प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों सबसे पहले हम क्या क्या क्या बनाएंगे बना लेते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अग्र अभिनत होता है जब किसी पीएन संधि को जब किसी पीएन संधि का जो पी सिरा होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और यन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो इस प्रकार की अभिनत को अग्र अभिनत का जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का जो अभिनत होता है या इस प्रकार का जो बायसिंग होती है वो अग्रदेश या अग्र अभिनत कहलाता है बोलो क्या इतनी बात आपकी मक्खन हो रही है क्या इतनी बात आपकी मक्खन हो रही कि अग्रदेश क्या होता है बच्चों जब पीएन संधि का पी सिरा सिरा पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल से सिरा टर्मिनल से जुड़ा हो तो इस प्रकार की जो बायसिंग होती है वो अग्रदेशिक या फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है क्या इतनी बात क्लियर हो गई अब इनमें जब हम किसी भी बैटरी को पीएन पीएन सदी या हम कह दें कि जब किसी पीएम सदी को अग्र दिशी में जोड़ देते हैं तो इसमें करंट फ्लो कैसे होता है एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना कैसे करंट फ्लो होता है जब हम क्या करते हैं कि पीएन संधि को बग्र अभिनत में जोड़ देते हैं तो अग्र अभिनत में जोड़ने के कारण जो पी क्षेत्र का ये कोटर होता है ध्यान से देखिए जो मैंने ये पेंड करके रखा है इसे हम कोटर नाम दिए हैं जो की पॉजिटिव चार्ज है ठीक ये कोटर है और जो ये रिक्त स्थान है इसे हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया तो आप भ्रम में ना रहिएगा तो मैंने लिख दिया ये इलेक्ट्रॉन वो कोटर हो गए ध्यान से देखिए, क्या होता है कि जब हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तो ये जो कोटर होते हैं ये सारे कोटर प्लस के, बैटरी के प्लस टर्मिनल के कारण P के सारे कोटर यन क्षेत्र में जाने लगते हैं और यन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आने लगते हैं तो एन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के सारे कोटर किसमें जाने लगते हैं प्यारे बच्चों किसमें जाने लगते हैं बताओ एन क्षेत्र में जाने लगते हैं इस प्रकार संधि में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम अग्र धारा कहते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्यों होती है क्योंकि इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन के कारण धारा उत्पन्न हो रही है इसलिए प्यारे बच्चों इसकी जो बैलू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे आपको अग्र अभिनत में धारा कैसे प्रवाहित होती कैसे आपको एग्जाम में लिखना है और यनशिरा तो बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से, से जुड़ा होता है तो इस प्रकार की जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग या अग्र अभिनत कहलाता है पहले बच्चों जब किसी भी पीएन संधि को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है तो क्षेत्र के सारे कोटर यन क्षेत्र में और यन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाने लगते हैं जिसके कारण पीएन संधि में एक बहुत बड़ा धारा उत्पन्न होती है या एक बड़ी धारा प्रवाहित होती है जिसे हम अग्र धारा कहते हैं अब आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चों इसके लिए ग्राफ क्या होता अग्र अभिनत के लिए ग्राफ क्या होता ध्यान से देखिए इसे हम वी का नाम दे रहे हैं क्यों बी का नाम दे रहे हैं क्योंकि वो आपका प्राचीर विभव है एज ये बैरियर का काम करता है एज रोकने का काम करता है ना तो ध्यान से देखना क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब हमने अभी पिछले वाली टॉपिक में थोड़ी सी चर्चा किया था कि जीरो दशमलव प्राचीर बना था वो जीरो पांच वोल्ट था तो जब तक प्यारे बच्चों हमारे कहने का मतलब जीरो दशमलव एक जीरो दशमलव दो जीरो दशमलव तीन जीरो फिर उसके बाद क्या होता है जीरो दशमलव पांच फिर जीरो दशमलव छह यानी कहने का मतलब है कि जब तक जब तक ये जो बैटरी लगा के रखे हो ये जो आप बैटरी लगा के रखे हैं जब तक इसके द्वारा जो वोल्टेज होता है वो जीरो दशमलव एक जीरो दशमलव दो जीरो दशमलव तीन जीरो दशमलव चार जीरो दशमलव पांच जब तक जीरो दशमलव पांच से कम रहता है तब तक इस पीएन संधि में किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यानी कहने का मतलब है कि जब तक हम प्राचीर विभव से वोल्टेज कम रहता है तब तक धारा बहुत कम बहती है परंतु जो ही 0.5 दशमलव वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो त्यों ये जो धारा बहने वाली जो धारा रहती है वो धारा एकाएक क्या हो जाती इंक्रीज कर जाती है एकाएक धारा बढ़ जाती है इसे हम क्या कहते हैं इस जिस वोल्टेज पर धारा बढ़ जाती है वो हमारी वोल्टेज भंजक वोल्टेज कहलाता क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग जो ये बैटरी जोड़े हैं इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहां से लेके यहां तक के बीच में रखते हैं तो धारा बहुत नाम मात्र की प्रभावित होती है परंतु जैसे ही इससे ज्यादा वोल्टेज देते तो जो बहने वाली धारा होती है वो बढ़ जाती है प्यारे बच्चों एकाएक तो ये इसका क्या हो जाता है? ग्राफ हो जाता है प्यारे बच्चों इस प्रकार आपकी अग्र अभिनत फॉरवर्ड बाय पूर्ण रूप से समाप्त होता है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा अब हम ध्यान से देखिएगा पश्च पश्च या किसे कहते हैं प्यार बच्चों जब हम पीएन संधि का जो पी अर्धचालक होता है हम कह सकते हैं कि जो पीएन संधि का जो पी अर्धचालक होता है अगर वो बैटरी के रेड टर्मिनल से जुड़ा है और जो यनशिरा है वो बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा है तो इस प्रकार के बायसिंग को पश्चिम अभिनत या हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं एक बार फिर से आप क्लियर कीजिए कि जब हम पी सिरे को जब पी वाला जो अर्धचालक होता है वो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा होता है और वाला सिरा जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो इस प्रकार की बायसिंग कौन सी बायसिंग कहलाती है बच्चों रिवर्स बायसिंग कहलाती है यानी पश्चिम या पश्च अभिनत कहलाता है कैसे हमको लिखना है कि जब हम पी संधि का पी पी सिरा सिरा सिरा जब किसी भी संधि का बैटरी बैटरी के के के टर्मिनल टर्मिनल से जुड़ा टर्मिनल से जुड़ा जुड़ा हो हो और जो है वो पॉजिटिव तो इस प्रकार के को रिवर्स बाइसिंग या पश्च अभिनत कहते हैं बच्चों अब इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता वो ध्यान से देखो क्या होता है जब हम किसी भी पीएन संधि को पश्च अभिनत में जोड़ देते हैं जब किसी भी पीएन संधि को अभिनत में क्या कर देते हैं भैया जोड़ देते हैं तो जो ये बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो पी क्षेत्र में उपस्थित सभी कोटरों को अपनी तरफ खींचने लगता है यानी कहने का मतलब है प्यार बच्चों पी क्षेत्र के कोटर बैटरी के निगेटिव निगेटिव सिरे की तरफ चलने लगते हैं और यन क्षेत्र के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ चलने लगते हैं इस प्रकार जो आवेशवाहक होते हैं वो संधि से दूर जाने लगते हैं जिसके कारण किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती परंतु प्यारे बच्चों जो ये अल्पसंख्यक हैं, जैसे P में जो आपका इलेक्ट्रॉन है और यन में जो आपका कोटर है तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में एक नाम मात्र का एक कम धारा एक सूक्ष्म धारा एक तीक्षण धारा प्रवाहित होती है एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं प्यार बच्चों कि जब किसी भी पीएन संधि को फॉरवर्ड यानी सॉरी जब किसी पीएन संधि को पश्च अभिनत अर्थात रिवर्स में जोड़ दिया जाता है तो पी क्षेत्र के सारे कोटर बैटरी के बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाने लगते हैं और ये का सारा इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ जाने लगता है जिसके कारण संधि में किसी भी प्रकार की इस किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती परंतु ये जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक आवेशवाहक अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण संधि में एक पिछड़ धारा प्रवाहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं पश्च धारा या पश्च धारा कहते हैं या तो प्यारे बच्चों हम उसे क्या कहते हैं उत्क्रम धारा कहते हैं कौन सा धारा कहते हैं उत्क्रम धारा कहते हैं क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई आइए बच्चों अब ध्यान से देखिएगा जब इसमें जो धारा उत्पन्न होती है उसकी खास बातें क्या होती है कि जब तक हम लोग जो ये बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज देते रहते हैं ये बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज देते रहते प्यारे बच्चों वो वोल्टेज जब तक हम लोग जीरो दशमलव पांच वोल्टेज से ज्यादा नहीं देते परंतु ध्यान देना है कि ये वोल्टेज मुझे रणात्मक दिशा में देना है किस दिशा में देना पैर बच्चों दिशा में देना है अर्थात कहने का मतलब है है कि जब तक जो है बैटरी के द्वारा दिया गया जो वोल्टेज होता है वो 0.5 दशमलव तक रहता है तब तक जो बहने वाली जो तीक्षण धारा होती है वो जरा सा भी बहुत कम बहती रहती परंतु जो ही जीरो वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होता है तो ये जो धारा होती है प्यारे बच्चों ये धारा बढ़ जाती है और ये जो उत्क्रम धारा होती है वो उत्क्रम धारा का मान एकाएक एक क्या हो जाता बढ़ जाता है प्यारे बच्चों और इस वोल्टेज को हम कहते हैं भंजक वोल्टेज क्या कहते हैं प्यारे बच्चों है भंजक वोल्टेज अब धारा क्यों बढ़ती है वो अभी हम बाद में बता रहे हैं पहले ये बताइए कि जब ये जो तीछक धारा थी अब फॉरवर्ड वाइसिंग में अधिक आवेशवाहकों के कारण बहुसंख्यक आवेशवाहित नहीं हुई थी परंतु अल्पसंख्यकों के कारण हुआ बैटरी के द्वारा दिया गया वोल्टेज जीरो दशमलव पांच वोल्टेज से ज्यादा नहीं होता जैसे ही बैटरी का वोल्टेज जीरो दशमलव पांच वोल्टेज से अधिक होता वैसे ही उत्क्रम धारा इकाई क्या हो जाती बढ़ जाती पैरवच्चो पर बढ़ तो गई अब जिस वोल्टेज पे बढ़ा उस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं अब प्रश्न उठता है, है तो जब आप क्या करते हैं वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हम कह दें कि पीएन संधि में एक बंध टूट जाता है पीएन संधि में जो बने सहसंजक हो, बंध होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं जिसके कारण जो एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और बहने वाली धारा का मान एकाएक क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो पैर बच्चों आप इन दोनों की स्क्रीन शॉट लीजिएगा ग्राफ पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ग्राफ जरूर पूछा जाता है तो आप उम्मीद करते होंगे कि हम आप आपको अग्र दिशी और पश्चिम दोनों समझ में आई होगी अब इस क्लास की लास्ट टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों एकदम मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों दिष्टकारी क्या कहते हैं दिष्टकारी अब हम दिष्टकारी के बारे में समझेंगे पहले आप इसका एक इसके तो गैस हम इस की, की चर्चा करने वाले हैं बच्चों और इस, सेशन की भी इस क्लास की लास्टिंग अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार दोस्तों के पास जम के शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके पहले बच्चों और सभी की जो ये अर्धचालक भौत की है जो लोग सोचते हैं वह काफी हार्ड है उनका सारा चीज ये क्लियर हो सके प्यारे बच्चों एक बार जम के आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्यारे बच्चों तब हम क्लास को देखते हैं कि अब हमारी जो है दिष्टकारी क्या होता है प्यारे बच्चों दिष्टकारी होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला ही दिष्टकारी कहलाता है यानी वह उपकरण वह युक्ति जिसकी सहायता से एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाए एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए वो दिष्टकारी कहलाता है तो ये बातें हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि वह उपकरण क्या वह उपकरण जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा एसी को एसी को डीसी में बदला जा सकता है डीसी में बदला जाता है डीसी में बदला जाता है प्यारे बच्चों क्या डीसी में बदला जाता है दिष्टकारी कहलाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? दिष्टकारी कहलाता है क्या कहलाता है दिष्टकारी कहलाता है ठीक दिष्टकारी आपका दो प्रकार का होता है एक होता है फूल एक होता है हाफ और एक होता है या तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करेंट को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता कहला है दिष्टकारी कहलाता है यह आपका दो प्रकार का होता है प्यार बच्चों एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी फर्स्ट नंबर क्या होता है पहले अर्ध तरंग दिष्ट अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है अर्ध तरंग दृष्टकारी और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी ध्यान से देखिएगा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है ध्यान से देखो प्यारे बच्चों ऐसे उपकरण ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो कि प्रत्यावर्ती के प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही दिष्ट धारा में बदल पाते हैं वो क्या कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों अर्ध तरंग दृष्टकारी कहलाता है अर्थात अगर ये प्रत्यावर्ती का धनात्मक है तो ये धनात्मक ये क्या ऋणात्मक है तो ये कौन सी धारा है ये प्रत्यावर्ती धारा है ये हमारी क्या है प्रत्यावर्ती धारा यानी ये निवेशी सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल है प्यारे बच्चों तो मैंने क्या कहा कि वह उपकरण जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाए आधे चक्कर को ही डीसी में बदल पाए वह अर्ध तरंग दृष्टकारी कहलाता है क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं प्यार बच्चों अर्थात प्यार बच्चों कि हम इसके सिग्नल को यदि हम इसके सिग्नल को क्या कर पा रहे केवल आधे चक्कर को कन्वर्ट कर पा रहे अर्थात केवल अगर हम धनात्मक चक्कर को कन्वर्ट कर पाए तो ये अगला ऋणात्मक चक्कर नहीं कन्वर्ट होगा अगला धनात्मक चक्कर आपका ऐसा ही होगा फिर आगे फिर अगला हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे फिर आगे क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या होता है ध्यान से देखना अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है कि वह उपकरण जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को आधे चक्कर को ही हम क्या कर पाए डीसी में बदल पाए आधे ही चक्कर को डीसी करंट में बदल पाएं। वो हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों वो हमारा अर्ध तरंग प्रत्यावर्ती धारा केवल के आधे चक्कर को कन्वर्ट करता है आधे चक्कर को कन्वर्ट नहीं कर पाता वो हाफ बेब रेक्टीफायर कहलाता है वो अर्ध तरंग कहलाता है क्या इतनी बात आप समझ पाए हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता सहायता से, से हम केवल प्रत्यावर्ती धारा के आधे को करते हैं। आधे चक्कर चक्कर को को कन्वर्ट कन्वर्ट करते, नहीं कर पाते वो हमारी अर्ध तरंग होता है तो अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वे उपकरण सहायता से जिसकी सहायता से, प्रत्यावर्ती के आधे चक्कर को प्रत्यावर्ती के आधे चक्कर को आधे चक्कर को दिष्ट धारा में बदल पाए दिष्ट धारा में बदल पाए दिष्ट धारा में बदल पाए दिष्ट धारा में क्या कर पाए पहले बच्चों बदल पाए क्या कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है क्या कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है अर्ध तरंग दृष्टकारी कहलाता है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों अब ये कैसे आधे को कन्वर्ट करता है आधे को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाता इसकी चर्चा भी हम पूरी डिटेल से लेंगे आखिर इसकी कार्यविधि क्या होती है पहले आप यहां पर समझिए इतनी बात आपकी मक्खन हो रही है ना अब हम बात करेंगे पूर्ण तरंग दृष्टकारी तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चो ये कोई प्रत्यावर्ती धारा है ये कोई क्या है प्रत्यावर्ती धारा है जिसके हमने किसी भी एक दो चक्कर की बात किया क्या होता है पहले बच्चों कि जो ये फुल फुलर होता है मतलब पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता है यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर को एक पूरे चक्कर को दृष्ट धारा में बदल सकते हैं वो क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं प्यार बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि यदि हम प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर को मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चक्कर को अगर हम क्या कर दें दिष्ट धारा में बदल दें तो वो क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है यानी प्यारे बच्चों इसका ग्राफ कुछ हमारा इस प्रकार बनने वाला है यानी इसका धनात्मक चक्कर भी डी में बदल जाए प्यारे बच्चों इसका धनात्मक चक्कर भी डीसी में बदल जाए और अगला ऋणात्मक चक्कर भी डीसी में बदल जाए अगला फिर से धनात्मक चक्कर डीसी में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है वो हमारा फुल फुलर कहलाता है जिसे आप इनपुट कहते हैं यानी हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ति धारा को इनपुट कहते हैं और जो ये हमारा निर्गत होता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं प्यारे बच्चों तो आप देखिए ध्यान से अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का पूरा के पूरा चक्कर डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस प्रकार के उपकरण को पूर्ण तरंग दृष्टकारी या फुल फुलर कहते हैं क्या आपकी इतनी बातें मक्खन हो रही होंगी पहले बच्चों बोले बच्चा पार्टी अगर आपको पूरी चीजें मक्खन हो रही होंगी तो एक बार जम के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि सर अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है फुल क्या होता है ध्यान से बताना पेरे बच्चों कि वह उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के पूरे पूरे चक्कर चक्कर को एक को एक में कन्वर्ट कर दे वो पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बात करेंगे अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी कार्य कैसे करता है फिर उसके बाद यह सेशन समाप्त हो जाएगी प्यारे। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे अर्ध तरंग दृष्टकारी का कार्य विधि क्या होता है कैसे आखिर ये निवेशी सिग्नल अर्थात कैसे ये प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही बदल पाता है डीसी में और आधे चक्कर को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता आखिर ये कैसे करता आइए हम समझते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना बहुत ही बहुत ही मक्खन वाली भाषा हम बताएंगे ध्यान से देखना पहले बच्चों हम अगर बात करें प्रत्यावर्ती का धनात्मक एक चक्कर ले लेते केवल ऑनली एक चक्कर की बात करेंगे ये एक चक्कर की बात कर लेते हो गया एक सिरा इसका प्लस होता है एक सिरा क्या होता है माइनस अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्कर की बात करें अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्कर की बात करें तो धनात्मक चक्कर के लिए ए सिरा पॉजिटिव होता है और बी सिरा क्या है निगेटिव है तो प्यरे बच्चों हम क्या कह रहे हैं ए सिरा पॉजिटिव है और बी सिरा क्या है निगेटिव है किस चक्कर के लिए धनात्मक अर्ध चक्कर के लिए जो है? ए सिरा क्या होता है पॉजिटिव होता है और बी सिरा क्या होता है निगेटिव होता है पैरे बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे जो ये पीएन संधि है पीएन संधि का जो पी है वो पॉजिटिव से जुड़ा है और यहां किससे जुड़ा है निगेटिव से तो आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जब पी वाला पॉजिटिव से यन वाला निगेटिव से जुड़ा होता है तो वो अग्रदिशिक होता है वो फॉरवर्ड बयास होता है तो फॉरवर्ड बयास में करंट प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना है फॉरवर्ड बयास में करंट प्रवाहित होता था परंतु रिवर्स बयास में बहुसंख्यक आवेश के कारण करंट का प्रवाहित प्रवाह नहीं होता इस बात को ध्यान से समझना अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ के आए तो जब आपका ए प्लस था बी माइनस था तब क्या हो रहा था पहले बच्चों तब इसमें जो आई थी वो प्रवाहित हो रही थी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर धनात्मक आधा चक्कर प्रत्यावर्ती का आधा चक्कर डीसी में कन्वर्ट हो रहा था परंतु प्यारे बच्चों जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का यह ऋणात्मक चक्कर आया एक समय अंतराल बाद प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल गई यानी अगर कहने का मतलब है कि यदि धारा X से Y की तरफ जा रही थी तो जब Y से यक्ष की तरफ आई, यानी कहने का मतलब है कि जब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदली तो प्यारे बच्चों जो A सिरा था वो नेगेटिव हो गया और जो B सिरा था वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया सिरा क्या पहुंच गया कौन सा दिशिक पहुंच गया ये कौन सा अभिनत हो गई पश्च अभिनत हो गई प्यारे बच्चों और हम जानते हैं कि पश्च अभिनत में जो धारा होती है वो धारा फ्लो नहीं होता है अर्थात जब प्रत्यावर्ती धारा का चक्कर आता था तो पीएन संधि आपकी पश्च अभिनत में पहुंच जाती थी जिसके कारण इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती थी और इस प्रकार आपका जो निर्गत वोल्टेज होता था वहां पर खाली हो जाता था अर्थात वहां प्रत्यावर्ति धारा डीसी में नहीं बदलती थी क्या आप इतनी बात समझे प्यारे बच्चों इस का आप समझिए दो कुंडली लगी होती है एक प्राथमिक कुंडली एक सेकंड कुंडली प्राथमिक कुंडली में इनपुट जोड़ दिया जाता है और द्वितीय कुंडली के साथ द्वितीय कुंडली में एक पीएन संधि को जोड़ दिया जाता है एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि इसमें प्राथमिक और द्वितीयक नामक दो कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली में इनपुट जुड़ा होता है और द्वितीयक कुंडली में पीएन संधि और निर्गत जुड़ा होता है आउटपुट जुड़ा होता है अब क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर यानी जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्कर होता है तो ए पॉजिटिव होता है और बी निगेटिव होता है तो जिसके कारण ये पूरा जो पीएन संधि होता है वो किस अभिनत में होता है प्यारे बच्चों में में होता होता होता किस उसके कारण क्या और जब ये जबर्ट हो जाता है परंतु परंतु जब हम निगेटिव की बात करते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्कर की बात करते हैं तो ऋणात्मक के लिए बी क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है A, और पॉजिटिव होने के कारण ये जो हो जाता है इसमें नहीं, होती, तो पर AC, DC में नहीं बदलता तो अभी हमने इसका ग्राफ पिछले वाले टॉपिक में बना भी दिया था कि एसीडीसी में कैसे बदलता है पहले बच्चों या तो हम बता दें यहां पर अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर तो डीसी में कन्वर्ट होगा आधा चक्कर डीसी में कन्वर्ट होगा परंतु अगला ये जो ऋणात्मक चक्कर है ये पूर्ण रूप से खाली रहेगा ये आपका डीसी में कन्वर्ट नहीं होता परंतु जब अगला धनात्मक चक्कर आएगा तो अगला धनात्मक चक्कर से करंट क्युं? जो, जो, तो जो है प्रवाहित नहीं होती और फॉरवर्ड वायसिंग में जो करंट होती है वो फ्लो होती है पहले बच्चों तो इस प्रकार जो अर्ध तरंग होता है वो प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही बदलने में सक्षम होता है उम्मीद है कि आप इसकी कार्यविधि को समझ गए होंगे अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो आप समझो कैसे लिखना है। देखिए ध्यान से। पहले इसकी संरचना लिख देंगे संरचना क्या लिख देंगे किन में दो कुंडलियां लगी होती है एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली में इनपुट यानी एसी सिग्नल जुड़ा होता है और द्वितीय कुंडली में एक पीएन संधि और एक निर्गत वोल्टेज जुड़ा होता है फिर उसके बाद इसकी कार्यविधि लिखना कार्यविधि में क्या लिखना है कि जब हम किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाहित करते हैं या जब हम प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्कर के लिए ए सिरा प्लस होता है बी सिरा क्या होता है माइनस होता है तो इस स्थिति में पीएन संधि अग्रभिन में होता है जिसके कारण इसमें करंट प्रवाहित होता है परंतु जब ऋणात्मक चक्कर होता है जब प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बदलता है ऋणात्मक चक्कर होता है तो ए सीरा निगेटिव हो जाता है बी सिरा पॉजिटिव हो जाता है जिसके कारण यह में पहुंच जाती है और इसमें करंट फ्लो नहीं होते तो इस प्रकार यह कार्य करता है आप इसका फिर हम बात करने वाले हैं। पूर्ण तरंग दृष्टकारी का कार्य आइए हम समझते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी आखिर किस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर को दृष्टि में बदलता है अर्थात तो इसकी कार्य विधि हम समझते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसकी संरचना समझे तो फिर फिलहाल इसकी जो संरचना है वो आपकी अर्धतरंग दृष्टकारी से मैच करता केवल अंतर यह रहता है कि इसमें जो है हम लोग जो द्वितीय कुंडली होता है उसमें दो डायोड D1 और D2 जोड़ते हैं और जो आउटपुट होता है वो समांतर क्रम में जोड़ते थे और यहां पर जो आउटपुट होता था बच्चों ये श्रेणी क्रम में जोड़ते थे यही अंतर होता है बस तो एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाह रहा हूं कि इनमें दो कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली में इनपुट जुड़ा होता है और द्वितीय कुंडली में डायोर्ड डी और डी यानी दो डायोर्ड जुड़े होते हैं और एक आउटपुट समांतर क्रम में जुड़ा होता है प्यारे बच्चों अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती का आधा धनात्मक धारा के आधे के आधे चक्कर लिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए क्या होता है आप इधर देखिए क्या होता है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर धनात्मक होता है दूसरा चक्कर रेड़ात्मक फिर धनात्मक फिरत्मक मतलब ऐसे ही कॉम्बिनेशन चलता रहता है प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना कि जब प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर धनात्मक होता है तो जो ए सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बी सिरा होता है निगेटिव होता है ध्यान से एक बार मैं फिर से बोला कि जब प्रत्यावर्ती धारा के आधा चक्कर धनात्मक होता है मतलब धनात्मक चक्कर के लिए डी आपका जो ए है पॉजिटिव है और जो आपका बी है वो निगेटिव है तो ध्यान से देखिए तो ये आपका P है ये आपका N है तो जब P पॉजिटिव से हो और N किससे हो निगेटिव से हो तो ये अग्र अभिनत होता है अर्थात बात करें प्यारे बच्चों तो D1 किस अभिनत में हो जाता है अग्र अभिनत में किस में हो जाता है अग्र अभिनत में इसके लिए धनात्मक अर्धचक्र के लिए और जो आपका D2 होता है वो देखिए यहाँ पी जो है वो निगेटिव से जुड़ा है अर्थात यहाँ जो डी है आपका ये जो D2 है प्यारे बच्चों ये पश्च अभिनत हो जाता है कौन सा अभिनत होता है पश्च अभिनत होता है एक बार फिर से आप देखिए क्या होता है कि जब हम आ, इनको जो है क्या करते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर यानी धनात्मक अर्ध चक्कर की बात करते हैं तो D1 आपका अग्र अभिनत होता है और D2 आपका पश्च अभिनत होता है तो प्यारे बच्चों जब D1 अग्र अभिनत होता है तो यहां पर करंट का फ्लो होता है परंतु जो D2 है उससे करंट का फ्लो नहीं होता अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर इस वाले अभिनत में प्रत्यावर्ती धारा का आधा धनात्मक चक्कर दृष्टि में बदल जाएगा परंतु इस डायोड से नहीं बदलेगा एक बदल गया यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राप्त हो रहा था ये आधा चक्कर ये के द्वारा बदला है डीसी में ठीक अब हम बात करेंगे अगले ऋणात्मक चक्कर के लिए अगले ऋणात्मक चक्कर के लिए ए सिरा आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और बी सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो बच्चों जैसे ही A होगा तो जो डीवन है वो आपका अभिनत हो जाएगा क्यों क्योंकि P वाला से से हो जाएगा और जब P होता है तो बच्चों वो अभिनत होता है तो ध्यान से देखना जब ए क्या है निगेटिव है और बी क्या है पॉजिटिव है तो डीवन जो है आपका वो क्या है पश्चिम है क्या है पेरे बच्चो पश्च अभिनत है आपको पता है है अभिनत में जो करंट होता है, वो नहीं फ्लो होती प्यारे बच्चों और जब भी आपका प्लस है तो जो डी टू है वो आपका अग्र अभिनत है कौन सा अभिनत है प्यारे बच्चों अग्र अभिनत है और इसमें जो करंट होता है वो फ्लो होता है इस प्रकार आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा का ये ऋणात्मक चक्कर होता है ये भी डीसी में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है परंतु ये डी के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है इसी प्रकार आगे प्रोसेस चलता रहता है और प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर डीसी में बदलता रहता है एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि जब हम क्या करते हैं धनात्मक अर्ध की बात करते हैं तो धनात्मक चक्कर के लिए A पॉजिटिव होता है B निगेटिव होता है जिसके कारण D1 वन अग्रभिन होता है D2 टू पश्चिनत होता है तो D1 वन अग्रभिनत होने के कारण इसमें करंट फ्लो होती है परंतु D2 टू के पश्चिन्नत होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होती अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का आधा जो धनात्मक चक्कर है उसे डी जो है दृष्टि में बदल दे रहा है डी टू उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है फिर जब हम ऋणात्मक चक्कर की बात करते हैं तो A निगेटिव हो जाता है B हो जाता है, तो आपका जैसे ही A निगेटिव हुआ वैसे ही डी वन पश्च हो जाता है उसी वैसे ही डी टू से धारा प्रवाहित होगा परंतु डी वन से धारा प्रवाहित नहीं होगा ठीक क्यों क्योंकि डी टू आपका अग्रभिनत में आ गया आप ठीक वही चीज मैंने लिखा है ए निगेटिव है तो डी आपका पश्च है ए तो तो बी नहीं होगा तो इस प्रकार ऋणात्मको इस प्रकार पूर्ण तरह दृष्टकारी पूर्ण चक्कर को दृष्ट में बदल देता है आई आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए पेरे बच्चो उम्मीद है कि आज की सेशन में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों अगर कहीं भी डाउट रह गया होगा या मैंने आपको कहीं समझाने में कोई कमी छोड़ा होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको फुल मक्खन हो गई होगी तो प्यारे बच्चों सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डे स्टूडेंट